नमस्कार क्लासेज के प्यल में स्वागत है संबंधित आधारित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करने वाले प्यारे बच्चों तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कुछ लाइने है जो की आपको मोटिवेट जरूर करेंगी आप इसी इसी से मोटिवेट होकर जो है अपनी आज की जो अधूरी पढ़ाई है उसको कंप्लीट करेंगे और आगे की भी पढ़ाई को कंप्लीट करेंगे प्यारे बच्चों वो मोटिवेशन लाइन क्या है कि ध्यान रखना मेरे यूपी बोर्ड वाले बच्चों जिस प्रकार आज आप पढ़ रहे हैं जिस बोर्ड की तैयारी आप कर रहे हैं जिस क्लास की तैयारी आप कर रहे हैं उसी क्लास की तैयारी यूपी बोर्ड के लाखों बच्चे कर रहे होंगे और आज जिस बोर्ड की जिस पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं उस पेपर का एक दिन रिजल्ट भी आएगा प्यारे बच्चों और अगर आपके पड़ोसी का एक बच्चा उस रिजल्ट में अच्छा नंबर आपसे ला दिया उसका रिजल्ट आपसे बढ़िया आ गया तो उस पड़ोसी के बच्चे का पिताजी एक दिन आपके पिताजी से मिलेंगे और पूछेंगे कि मेरा लल्ला तो इतना नंबर लाया है तेरा लल्ला कितना नंबर लाया है तो अगर उस समय तुम सक्सेस नहीं हुए रहोगे, तुम इतना नंबर नहीं लाए रहोगे, तो आपके पिताजी का जो नजर है जो आपके पिताजी का जो सर है पड़ोसी वाले के सामने झुक जाएगा अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पिताजी का जो है सर हमेशा झुका रहे तो पढ़ाई करना बंद कर दो मत पढ़ो यारो और अगर आप चाहते हैं कि पड़ोसी के पिताजी का जवाब आपके पिताजी भी दे सके तो आज से ही आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि जिससे कि आपके पिताजी ये कह सके कि जिस प्रकार तुमने शेर पाला है उसी प्रकार मैंने भी शेर पाला है तुम्हारा शेर शेर है तो मेरा शेर भी सवा शेर है तो गाइस आपको स्क्रीन पे सबसे पहला प्रश्न दिखाई पड़ रहा होगा वो प्रश्न आपसे क्या कह रहा है आइए हम उसको हल करते हैं आप भी थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा कि सवाल को सबसे पहले आप ही सॉल्व करें पहले बच्चों तो आपका जो सवाल है वो क्या है दिखते हैं पहले बच्चों थोड़ा सा मिल जाओ भाई कंप्यूटर यानी चलो ठीक पहला सवाल है एक अवतल दरपड़ की फोकस दूरी बाईस से है इसकी वक्रता त्रजा क्या होगी एक अवतल दरपड़ क्या है हाँ एक औतल दर्पण की फोकस दूरी 22 सेमी है यानी बात कर ले लेतल दर्पण की क्वेश्चन नंबर एक जो है वो क्या है फोकस दूरी जो है 22 सेमी है कितनी है 22 सेमी है और वक्रता त्रिज्या पूछ रही है प्यारे बच्चों तो आप जानते हैं जो संबंध होता, होता है वो होता है ये R बटी दो ठीक अब आपसे आर पूछा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आर आ जाएगा टू एफ दो की वैल्यू कितनी है बाईस 22 दूना कितना हो जाएगा चौवालीस सेंटीमीटर इस प्रकार आप प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं पहले प्रश्न का जवाब है गरीब आपको जो दूसरा प्रश्न है वो स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा क्या कर रहा है नीचे दिए गए चित्र में दर्पण की फोकस दूरी बताइए तो आइए हम देखते हैं कि जो नीचे दिया गया ये चित्र है वो आपसे क्या कर रहा है ये कोई एक खोखला गोला है, है। प्यारे बच्चो ये कोई एक खोखला गोला है जिसको काटकर एक दर्पण बनाया गया और वो कौन सा दर्पण है अतल तो दर्पण है कौन सा दर्पण है अवतल तो दर्पण जो इसका केंद्र ओ है और ओ से लेके गोले की पड़ी तक की जो दूरी होती है वो त्रिज्या कहलाती प्यारे है प्यारे बच्चों जो कि चार सेंटीमीटर है अर्थात आपको वक्रता त्रिज्या दी गई है क्या दिया गया है वो इस चित्र में वक्रता त्रिज्या दी गई है चार सेंटीमीटर और फोकस दूरी पूछ रहा है क्या पूछ रहा है पैर बच्चो फोकस दूरी पूछ रहा तो फोकस दूरी एफ बराबर क्या होता है आर बटे दो आर कितना है चार ये बटे दो हो जाएगा दो आ जाएगा यानी जो येगा या वो कितना आ जाएगा दो सेंटीमीटर आ जाएगा या ये कितना आ जाएगा दो सेंटीमीटर इस प्रकार प्यारे बच्चों आपका दूसरा प्रश्न और पहला प्रश्न कंप्लीट होता है उम्मीद है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उसको आसानी से तोड़ेंगे फोड़ेंगे और मरोड़ कर रख के चले आएंगे यानी हल करके चले आएंगे प्यार बच्चों आप इसका एक स्क्रीन लीजिएगा फिर हम आप चर्चा करेंगे दरपण के सूत्र पे बच्चों अब अगला जो प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पेज पे दिखाई पड़ रहा होगा आप वहां से क्वेश्चन को पढ़िएगा फिर हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। क्या कर रहा है कि एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से यानी जो क्वेश्चन नंबर तीन है वो क्या कर रहा है कि भाई बात किस दर्पण की हो रही उत्तर दर्पण की कौन सी दर्पण की बात हो रही उत्तल दर्पण की तो भैया उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है कितना कह रहा है दस सेंटीमीटर कितनी है प्यारे बच्चों दस सेंटीमीटर कर रहा से बीस सेंटीमीटर दूर वस्तु रखी है तो उत्तल वस्तु की दूरी सदैव ऋणात्मक होती चाहे वो उत्तल हो चाहे अतल हो तो यू इक्वल टू हो जाएगा माइनस सेंटीमीटर अब आपसे पूछना वी यानी प्रतिबिंब कहां बनेगा अगर आप इस प्रश्न का डायग्राम समझना चाहते हैं तो प्यारे बच्चों आप एक उत्तल उत्तल दर्पण दर्पण बनाइए, उस से 20 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखिए, और उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा आपको दिखाई पड़ेगा तो चलिए प्यारे बच्चों हम समझते हैं कि V कहाँ बनेगा तो अगर हम फार्मूले का उपयोग करें तो दर्पण के सूत्र से किसके दर्पण के सूत्र से अब दर्पण का सूत्र क्या कहता उसे ध्यान दीजिए कथा एक बटे वी प्लस एक बटे यू प्यारे बच्चों अगर v ज्ञात करना तो u का ट्रांसफर उधर कर दीजिए प्लस उधर जाएगा तो क्या जाएगा क्या माइनस हो जाएगा तो एक बटेगा एक बटे वैल्यू रखते हैं प्यारे बच्चों एक बटे कितना है दस है माइनस यू की वैल्यू कितना है एक बटे माइनस बीस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो बीस और दस का लसअप लेंगे तो बीस आएगा प्यारे बच्चों दस दूनी बीस तो दो आ जाएगा और 20 बीस कंडम 20 तो यहाँ एक आ जाएगा कितना आ जाएगा प्रवच्चो? तीन बटे 20 आएगा ठीक एक बटे वी आ गया अब करेंगे तो छह छह तीन छके अठारह फिर आप लगभग जो है वैसे छह आ जाएगा आप इसे छह सात मान लेंगे तो जो प्रतिबिंब की दूरी है वो छह दशमलव छह सात सेंटीमीटर होगा यानी दर पर से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा प्यार बच्चों छह दशमलव सात सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा यह रहा आपके तीसरा नंबर क्वेश्चन प्रश्न भी स्क्रीन पेज पे दिखाई पड़ रहा होगा चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? वो आप देखिएगा प्यारे बच्चों अब देखिए चलिए चौथा प्रश्न स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है जो कि 2016 और चौदह में दो और ये चौदह में ये क्वेश्चन पुट अप किया गया क्या रहा है 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले भैया R की वैल्यू दी गई है 24 सेंटीमीटर आगे क्या रहा है अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी गई है 3 सेंटीमीटर अर्थात यू की वैल्यू तीन दिया है वस्त की दूरी माइ सदैव माइनस में होती है तो ये तीन सेंटीमीटर हो गई आगे करा मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए अर्थात मोमबत्ती की प्रतिबिंब की करना प्यारे बच्चों। और जो दर्पण है वो दर्पण कौन है अवतल है अब अवतल के हिसाब से चिन्ह परिपाटी लगाइएगा बच्चा जैसे करके देखिए ये तो सबसे पहले प्यारे बच्चो अगर मुझे विज्ञात करना तो मुझे यफ की जरूरत पड़ेगी तो यफ कैसे मिलेगा यहाँ आर से तो सबसे पहले निकालते हैं अवतल तो दर्पण की फोकस दूरी किसकी बात करते हैं अवतल तो दर्पण की फोकस दूरी चलिए अवतल तो दर्पण की फोकस दूरी याद कर लेते हैं तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है एफ बराबर वो होता r बटे दो r कितना प्यारे बच्चों चौबीस है कितनी है चौबीस है बटे दो करा दे तो बारह हो जाएगा अवतल तो दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है इसलिए हम लोग चिन्ह परिपाटी के अनुसार -12 लिखेंगे ठीक अब हम बात करेंगे v की बात तो भैया दर्पण के सूत्र से किसके सूत्र से दर्पण के सूत्र से दर्पण का सूत्र क्या कहता है एक बटे वी प्लस एक बटे यू बराबर एक बटे एफ ठीक अब v ज्ञात करना तो u वाले को उठा उधर कर दीजिएगा एक बटे वी बराबर एक बटे, एक बटे हो जाएगा अब एफ की वैल्यू फ की वैल्यू कितनी है माइनस बारह है माइनस यू यू की वैल्यू कितनी है बच्चों है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा आइए आगे, आगे हल कर लेते हैं थोड़ा सा क्या हो जाएगा एक बराबर कितना होगा एक बटे माइनस बारह है प्लस एक बटे तीन है बारह और तीन का एलसीएम ले, ले, लेंगे तो बारह आएगा बारह कर्नम बारह तो यहाँ माइनस आ जाएगा तीन चौके बारह तो यहाँ प्लस हो जाएगा चार में से एक घटा देंगे तो तीन आ जाएगा बटे बारह तीन एक नम तीन तीन चौके बारह तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो वी बराबर आ जाएगा चार सेंटीमीटर अर्थात जो प्रतिबिंब है वो दरपण से चार सेंटीमीटर दूर बनेगा एक बार आप इसका आंसर जरूर मिलाएंगे प्यारे बच्चों जी बिल्कुल चार सेंटीमीटर आया है अर्थात प्रतिबिंब जो है वो दरपण से पीछे बन रहा प्रतिबिंब दरपण से पीछे बन रहा क्यों क्योंकि अगर आगे बनता तो वो जो दूरी है वो ऋणात्मक हुआ ठीक तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा फिर हम आगे की क्वेश्चन यानी पांचवें नंबर क्वेश्चन की चर्चा करते हैं है। आपको स्क्रीन पे अगला प्रश्न दिखाई पड़ा होगा एक अवतल दर्पण की फोकस की ध्रुव से दूरी एक अवतल दर्पण की फोकस से ध्रुव की दूरी भैया आपको केवल केवल प्रश्न जो है देखना चाहता है आप कितने बुद्धिमान है ध्रुव से फोकस की दूरी ही तो फोकस दूरी होती है से मुख्य फोकस फोकस की दूरी बात किसकी हो रही है दर्पण तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो सदैव ऋणात्मक होती कितनी है दस सेंटीमीटर तो माइनस दस सेंटीमीटर आगे यदि वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हो यदि वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हो अर्थात माइनस हो जाएगा तो प्रतिबिंब में दर्पण की दूरी ज्ञात कीजिए दूरी यानी वी आपको ज्ञात करना, करना है तो आइए हम दर्पण के सूत्र का उपयोग करते हैं दर्पण के सूत्र से किसके दर्पण के सूत्र तो अब दर्पण का क्या सूत्र है वो ध्यान दीजिएगा दर्पण का सूत्र है एक बटे प्लस एक बटे यू बराबर एक बटे अब देखिए एक बटे वी बराबर हो जाएगा एक बटे ये यू उधर जाएगा तो माइनस एक बटे यू होगा एक बटेफ की वैल्यू कितनी है की वैल्यू माइनस दस है ये माइनस यू की वैल्यू कितनी है माइनस तीस है ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो एक बटे माइनस दस हो जाएगा दस का लसअप कर लीजिए तो 30 आएगा 10 दस तीस तो 3 तीन माइनस 3 आएगा 30 आ जाएगा, 3 में से एक बच्चों 2 30 आएगा, कीजिए तो 15 आ जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो v इक्वल टू आ जाएगा माइनस पंद्रह सेंटीमीटर यानी माइनस आया है तो जो प्रतिबिंब है वो दरपण से आगे बनेगा प्रतिबिंब दरपण से आगे पंद्रह सेंटीमीटर आगे बनेगा ये कह रहा है बच्चों यानी प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बनेगा इसलिए माइनस आया ठीक अब हमारा जो क्वेश्चन है अगला प्रश्न नंबर छठा वो भी आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा अब आइए हम चर्चा करते हैं उस प्रश्न का क्या कह रहा है तो भाई आपको छठा प्रश्न स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा क्या कह रहा है दो सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु दो सेंटीमीटर ऊंचाई की कोई एक वस्तु है तो भाई वस्तु की ऊंचाई है ना तो वस्तु की ऊंचाई को हम लोग O से व्यक्त करते हैं जो कि दो सेंटीमीटर होता है और चिन्ह परिपाटी से इसकी वैल्यू धनात्मक होती है आगे कर रहा है अवतल दर्पण के सम्मी प्रश्न पहले हम ठीक लगा लेते हैं भाई कौन सा दर्पण कर रहा है ये अवतल दर्पण कौन सा दर्पण है ये अवतल दर्पण की बात हो रही तो अब अवतल दर्पण के समुख 16 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखी गई तो भाई चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो की दूरी सदैव क्या होती है ऋणात्मक होती है आगे, आगे कह रहा दर्पण द्वारा इसका वास्तविक प्रतिबिंब 3 सेंटीमीटर ऊंचा बनता प्रतिबिंब की लंबाई को हम I से दिखाते हैं परंतु ये मुख्य नीचे होता है इसलिए यह धनात्मक होगा ठीक अच्छा ऋणात्मक होगी आगे क्या करा है कि प्रतिबिंब की स्थिति फर्स्ट पोर्सन में प्रतिबिंब की स्थिति यानी v बराबर क्वेश्चन मार्क और सेकंड पोजिशन में दर्पण की फोकस दूरी यानी f ज्ञात करना क्या ज्ञात करना पहले बच्चों f की वैल्यू ज्ञात करनी है चले। अब जब तक f नहीं पता होगा तब तक v नहीं ज्ञात कर पाएंगे जब तक v नहीं पता होगा तब तक f नहीं ज्ञात कर... तो हमारे पास दो चीजें ये दी गई हैं ये सारी चीजें इनकी मदद से हम V की वैल्यू याद कर सकते हैं कैसे रेखीय आवर्धन का व्यंजक पढ़ा था हम लोगों ने I बटे ओ बराबर माइनस वी बटे यू क्या ध्यान आ रहा है आपको फाउना बिल्कुल I की वैल्यू आपके पास है माइनस तीन ओ की वैल्यू है आपके पास 2 V की वैल्यू नहीं पता है परंतु U की वैल्यू पता है -16 से कैंसिल हो जाएगा दो इक्के 2 अठे 16 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें प्यारे बच्चों तो R तिर 24 माइनस सेंटीमीटर यानी माइनस आया है इसके कहने का मतलब है जो दर्पण जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के सामने बन रहा है दर्पण के पीछे नहीं बन रहा है अगर दर्पण के पीछे बनता तो ये जो दूरी है वो धनात्मक में आती बच्चों। तो जो प्रतिबिंब है वो दर्पण से 24 सेंटीमीटर पहले बन, आगे बन रहा है वैल्यू निकालने के लिए दर्पण तो के, के सूत्र का उपयोग करेंगे किसके सूत्र का दर्पण के सूत्र से तो दर्पण का सूत्र क्या कहता है एक बटे वी प्लस एक बटे, बटे अब ही करना करनाथ v की वैल्यू रखते हैं v की वैल्यू कितनी है -24 है प्लस u की वैल्यू कितनी है u की वैल्यू है -16 ठीक बराबर एक बटे कितना हो जाएगा येगा तो माइनस एक बटे चौबीस माइनस एक बटे सोलह बराबर एक बटे अब 24 और 16 का लाशा ले लेते हैं 24 और 16 का लाशा लेंगे तो प्यारे बच्चों अड़तालीस आएगा चौबीस का भाग अड़तालीस में देंगे तो दो बार जाएगा दो का गुना एक में करेंगे तो माइनस दो आएगा सोलह से डिवाइड करेंगे तीन बार जाएगा यहां माइनस तीन आ जाएगा बराबर एक बटे यक अब आ जाएगा माइनस दो और माइनस तीन जोड़ के आ जाएगा माइनस पांच बटे अड़तालीस बराबर एक बटे यक अब ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे आ जाएगा अड़तालीस बटे कितना हो जाएगा माइनस पांच भाग दीजिए तो पांच नवा पैंतालीस मतलब 9.06 9.06 सेंटीमीटर आएगा फोकस दूरी कितना आएगा 9.06 सेंटीमीटर आएगा इसकी फोकस दूरी अतल दर थी इसीलिए दूरी ऋणात्मक में आई है एक बार आप इसका आंसर जरूर मैच करा लीजिएगा प्यारे बच्चों बिल्कुल आपके आंसर मैच कर रहे हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं फिर हम आगे की क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं प्यारे बच्चों आपको स्क्रीन पे अगला प्रश्न दिखाई पड़ रहा होगा कौन सा प्रश्न है ये लगभग मान लिया जाए तो सातवां था या छठा था, था जो भी होगा क्वेश्चन नंबर बच्चों ध्यान से बच्चोंगा क्या रहा है कि पांच सेंटीमीटर ऊंची वस्तु पांच सेंटीमीटर ऊंची वस्तु तीस सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण तो सबसे मेन पॉइंट है कि किसकी बात होगी अब उत्तर दर्पण की बात होगी किसकी बात होगी उत्तर दर्पण की भाई उत्तर दर्पण की बात हो रही तो 5 सेंटीमीटर ऊंची तो मुख्य अक्ष के ऊपर की जो लंबाई होती है उसे हम O O से व्यक्त करते हैं की वैल्यू कितनी है है है बच्चों 5 सेंटीमीटर तो ये सदैव धनात्मक होती वक्रता त्रिज्या दी गई है 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर अगर हम यही फोकस दूरी निकाल ले तो यह बराबर होता है आर बटे 2 30 बटे दो कर देंगे तो कैंसिल करके कितना जाएगा पंद्रह सेंटीमीटर उत्तल दर्पण की फोकस धनात्मक होती है कोई बात नहीं आगे रहा है कि सम्मुख 20 सेंटीमीटर दूर कोई वस्तु रखी है अर्थात u इक्वल टू माइनस बीस सेंटीमीटर है आगे रहा है प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति एवं आकार ज्ञात कीजिए स्थिति मतलब v ज्ञात करना है आकार मतलब आई ज्ञात करना दो क्वेश्चन आपसे पूछा स्थिति यानी यानी v और आकार i यही दो क्वेश्चन आपको ज्ञात करना है वैल्यू ज्ञात करनी है कर सबसे पहले अगर हम को बात करें तो v की वैल्यू निकालने के लिए तो भाई दर्पण के सूत्र का उपयोग कर लेते हैं किसके दर्पण के सूत्र से दर्पण का सूत्र क्या कहता है वो ध्यान दीजिएगा दर्पण के सूत्र से हो जाएगा एक बटे प्लस एक बटे यू बराबर एक बटे यहाँ ध्यान से देखिए यू को उठा के उधर कीजिए एक बटे वी बराबर हो जाएगा एक बटे याइनस एक बटे यू वैल्यू रखें य की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों है यू की वैल्यू कितनी है यू की वैल्यू है आपके पास माइनस बीस तो एक बटे माइनस प्लस हो जाएगा तो एक बटे पंद्रह प्लस एक और बीस का लॉस ले लीजिए प्यारे बच्चो तो तो तो तो प्यारे बच्चों 15 15 और 20 20 का 60 60 60 कितने हो हो गए 7 बटे क्या हो जाएगा 60 अब V की वैल्यू याद करना उल्टा हो जाएगा प्यारे बच्चों तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 ऊपर पहुंच जाएंगे और 7 नीचे आ जाएंगे तो सात अठे छप्पन दस लगाएंगे चार उतारेंगे तो सात पचे पैतीस मतलब आठ दशमलव पांच लगभग आएगा ये V की वैल्यू V की वैल्यू आ गई आठ दशमलव पांच सेंटीमीटर प्लस में आई है मतलब प्रतिबिंब जो है आभासी बनेगा ठीक अब आपको I भी बताना है तो I बताना है तो भाई रेखीय आवर्धन के सूत्र से रेखीय आवर्धन के सूत्र से रेखीय आवर्धन के सूत्र से क्या कहता है आई बटे ओ बराबर माइनस वी बटे यू यही फार्मूला था अब चलिए ओ की वैल्यू दी गई है कितना दिया गया है पांच सेंटीमीटर वी की वैल्यू नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं तो वी की वैल्यू पता है पहले बच्चों वी की वैल्यू आठ दशमलव पांच आया है आठ दशमलव पांच आया है या तो आप रख दीजिए साठ बटे डायरेक्ट रखिए यहां से ये वाली वैल्यू साठ बटे सात गुने यू यू की वैल्यू कितनी है कहा है यू की वैल्यू माइनस बीस माइनस माइनस से, से कैंसिल ठीक अब आपके पास बचा तीन बटे, बटे सात क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो सात आई हो जाएगा सात आई और पांच आई पंद्रह ठीक आई बराबर आ जाएगा पंद्रह बटे कितना आ जाएगा पंद्रह बटे भाग देंगे दो दशमलव पांच आएगा ठीक तो I इक्वल टू आ जाएगा दो दशमलव पांच सेंटीमीटर मतलब प्यारे बच्चों जो वस्तु है वो पांच सेंटीमीटर ऊंचा था और प्रतिबिंब उसके आधी बनी है अढ़ाई सेंटीमीटर लगभग ठीक इस प्रकार प्यारे बच्चों आज की जो क्लास में जितनी सवालें बताई गई थी वो सारी सवालें आपको समझ में आई होंगी अगर आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप उसे हल कर लेंगे प्यारे बच्चों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए और एंजॉय कीजिए प्यारे बच्चों ंतु अपनी पढ़ाई को मत भूलिएगा तब तक के लिए जय हिंद जय भारत थैंक यू वर्ल्ड स्टूडेंट